प्रभु जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं एक कहानी के माध्यम से मैं संजीव हंस एक सेठ था कृष्ण जी का भक्त था वो। उसे महसूस था कि सब कुछ जो उसके पास है वो प्रभु की अनुकंपा से ही है वह महसूस तो करता था परंतु वो अपनी आंखों से देखना ही चाहता था तो एक दिन मंदिर में जाके उसने प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे आप पर भरोसा है जो कुछ है सब आप ही वजह से है परंतु मैं आपको देखना भी चाहता हूं प्रभु रात को सपने में आए उन्होंने कहा हे वत्स तुम मुझे महसूस करना चाहते हो मुझे देखना चाहते हो तुम अपनी दोनों आंखों से तो ये देख नहीं पाओगे पर हाँ मैं तुम्हें महसूस जरूर करवा दूंगा तुम अपने दोनों चक्षुओं से न देख पाओगे तुम सुबह जाते हो मॉर्निंग के के लिए नदी के किनारे। उस नदी के किनारे मैं तुम्हें अपने होने का एहसास करवा दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सुबह जब भक्त मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो रेत पर दो पैर के निशान जो थे वो भक्त के थे आज वो चार पैरों के निशान पड़ रहे थे तो वो समझ गया कि दो पैरों के निशान भगवान श्री कृष्ण जी के हैं। अब रोज जब भी वो पर जाता, तो दो कदम की वजह चार कदमों पैरों के निशान होते वो मस्त बड़ा रहता और भगवान का शुक्रिया अदा करता रहता तो जैसा कि संसार का नियम है कि कभी धूप तो कभी सवेरा तो ऐसे ही चार दिन सुख के तो एक दिन दुख का भी आता है एक दिन उसका धन नष्ट हो गया नष्ट होने पर उसके सभी सगे संबंधियों ने उसे किनारा कर लिया उसका कुटुंब कबीला भी उसे छोड़कर जाने लगा पर उसे इस बात का गम नहीं था उसे पता था कि जब सफलता साथ होती है तो सभी कु कबीला साथ होता है ऐसे फलता में सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं लेकिन ये क्या जब अगले दिन वो फिर शहर पर गया तो उसे चार पैरों के निशान की बजाय दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे उसने बड़ा हैरान हुआ वो बड़ा परेशान हुआ वो और खूब रोया मंदिर आकर बोला हे hey ठाकुर सारे तो मुझे छोड़ ही गए विपत्ति के टाइम और आप भी वो इसी तरह रोज सैर को जाता धीरे धीरे अच्छा समय आने लगा तो उसके कुटुंब, कबीले के व्यक्ति यार, दोस्त, सभी रिश्तेदार उसके पास दोबारा आने लगे। तो अगले दिन जब वो सैर पर जा रहा था उसे दो की जगह चार पैरों के निशान दिखाई दिए उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही वो मंदिर में आकर भगवान के सामने बड़ा बोला भगवान, सारे अच्छी परिस्थितियों में मेरे साथ रहे और गलत परिस्थितियां आते ही आप भी मुझे छोड़कर चले गए खूब रोष प्रकट किया उसने तो उसी रात भगवान कृष्ण सपने में आए उसे उठाया कहते हाँ बोल, बोल, बोल। क्यों इतना गुस्से में है उसने वही का वही वृत्त वही जो था दोबारा बताया कि आपसे तो ये उम्मीद ना थी उसने कहा अच्छा प्रभु बोले कहते अच्छा ये बता जब तू नदी किनारे जाता था तो वो दो पैरों के निशान किसके थे वो बोला कि वो मेरे थे जब मैं चल रहा था तो वो मेरे थे तो प्रभु बोले मेरे पैरों पैरों के के निशान निशान थे? थे? थे। वो कहता मुझे क्या पता? क्या पता? आपके पैरों के निशान कहां थे? प्रभु बोले हे थे थे मूर्ख, जब तू विपत्ति में था, था, सारी दीन दुनिया तुझे छोड़कर चली गई थी तेरे सारे रिश्तेदार, रिश्तेदार्ब कबीला सब छोड़ के तुझे चले गए थे तब तब मैंने तुझे अपनी गोदी में उठाया हुआ था और जब मैंने तुझे गोदी में उठाया हुआ था तो चार चिन्ह कैसे पड़ते तुम तो मेरी गोद में फिर इसलिए प्रभु का सिमरन करते रहो उसका धन्यवाद करते रहो जो कुछ दिया है सब उसी ने दिया है आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं आपका दिन मंगलमय हो